प्रश्न नंबर 21 बुद्धि कार्य करने की एक विधि है या कथन किसका है क्या वुडवर्थ का है टर्मन का है बकिंगम का है या फिर बिने का इस प्रश्न का सही जवाब है वुडवर्थ का प्रबलन का सिद्धांत किसके प्रबलन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है इस प्रश्न का सही जवाब है सी एज हल वाणी दोष नहीं है ध्वनि परिवर्तन एवं अस्पष्ट उच्चारण का धीमी या तेज गति से बोलने का हकलाना और तुतलाना तीव्र अस्पष्ट वाणी इस, इस प्रश्न का सही जवाब है धीमी या तेज गति से बोलना व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है सामाजिक व आर्थिक मनोवैज्ञानिक शारीरिक सामाजिक राजनीतिक मनोवैज्ञानिक या आध्यात्मिक इस प्रश्न का सही जवाब है मनोवैज्ञानिक शारीरिक चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है है कथन किसका क्या संज्ञानी का है गिलफोर्ड का है क्रूज का, का है या फिर रास का है इस प्रश्न का सही जवाब है रास निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे प्रश्नों की विशेषता नहीं है प्रश्नों का आय होना प्रश्नों की निश्चितता नहीं होना प्रश्नों का विशिष्ट होना या फिर प्रश्नों का स्वद्देश होना इस प्रश्न का सही जवाब है प्रश्नों की निश्चितता नहीं होना प्रश्न नंबर सत्ताईस वह कारक जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता या घटाता है उसे क्या कहते हैं क्या अधिगम कहते हैं या फिर अवधारणा कहते हैं या फिर अभिप्रेरणा कहते हैं या फिर इसमें कोई नहीं कहते हैं इस प्रश्न का सही जवाब अभिप्रेरणा बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए दमन शांत उत्तेजित या फिर सक्रिय इस प्रश्न का सही जवाब है शांत करना चाहिए बालक की जिज्ञासा को विकास प्रारंभ होता है सहसवावस्था से बाल्यावस्था से किशोरावस्था से या फिर गर्भावस्था से इस प्रश्न का सही जवाब है गर्भावस्था से विकास केवल एक ओर ना होकर चारों ओर होता है यह सिद्धांत किसका है वर्तुलाकार का समान प्रतिमान का क्रमबद्धता का या फिर सामान्य से विशिष्ट का इस प्रश्न का सही जवाब